हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो आज हम बो रूटो मांगा चैप्टर 68 की समरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं जैसा कि मैंने वादा किया था मैं सबसे पहले वीडियो डालूंगा और ये रही वीडियो और थारा भाई बीनेक्स सबसे पहले लेके आया है वीडियो देखो मैं इसे फुल एक्सप्लेनेशन तो नहीं कहूँगा क्यूँकी मैंने ये सारी समरी उठाई है लेकिन इस चीज का वादा करता हूँ की कि किसी भी चीज की तुम्हें कमी नहीं होने दूंगा तो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर अगर स्टार्टिंग में हम बात करें बो रूटो चैप्टर सिक्सटी के कवर पेज का तो कवर पेज पर बोरूटो है ये तो तुम्हें पता ही होगा एंड बोरुटो की टी शर्ट खुली हुई है उसके चेस्ट पे हमें न्यूज कार दिख रहा है और ये जो नया गिफ्ट मोमोशिकी की, की वजह से बोरुटो को मिला है वो ना थोड़ा सा बोरूटो का टीम पहले ऐसी विलेज के अंदर आ चुके हैं अमादो साय एंड कटता के बारे में बोरूटो ऐसी पूछते हैं एंड दे उन्हें एक्सप्लेन करता है मोमोशिकी के बारे में एंड कैसे वो फुल फ्ले जो की बन चुका है उसके बारे में भी उन सभी को बताता है और बोरुटो उन्हें यह भी बताता है कि ममोशिकी को ना चाहते हुए भी बोरुटो की हेल्प करनी पड़ी गई क्योंकि इस बार बात ममोशिकी की लाइफ पर आ चुकी थी एंड नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है की कावाकी बेहोश होता है और वो बेड पर लेटा हुआ होता है सुमिर इबाकी नारूटो एंड शिकमारू कावाकी के बेड के पास खड़े होते हैं और कावाकी के उठने का वेट कर रहे होते हैं एंड देन शिकमारू बोलता है की हमें कावाकी का कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम कावाकी है क्योंकि जिस तरीके का कावाकी का बिहेवियर था उस हिसाब से हमें पहले ही कावाकी के लिए तैयार होना पड़ेगा सुमिरे शिकमारू से बोलती है लगता है शिकमारू से को कावाकी की कुछ ज्यादा ही चिंता है तो फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम कावाकी को वापस लेके क्यूँ आए देखो बात तो सही है क्यूँकी मैं सुमिर के इस क्वेश्चन ऐसी हूँ बट कावा विलेज में क्यूँ है इसकी वजह सिर्फ नारू ही है एंड दूसरी बात ये भी है की सुमी कुछ ज्यादा ही कावाकी का ध्यान नहीं रखती है हा हा हा नेक्स्ट सीन में शिकमारू अमाधो के पास जाता है एंड तभी सासके वहाँ पर आता है यूनिवर्ट you know पिछले छह चैप्टर ऐसी सासके आया ही नहीं सा को दिखाया ही नहीं गया दूसरा हमें ये बताया गया था की साके कोड को ढूंढ रहा है बट हम लोग गलत थे सास के ये इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि कोड का हाइड आउट कहाँ पे है और कोड मेनली रहता कहाँ पे है दे सा शिकमारू ऐसी बोलता है की आई है और जो भी कुछ सासके को पता था वो शिकमारू को बता देता है जाता है डायमोड ईडा एंड कोड के पास और यहाँ पर खुशी वाली बात यह है कि डायमोड उठ चुका है कम से कम पांच चैप्टर खाए हैं इस बंदे ने पिछली बार तो डायमोंड ने वार्म अप किया था क्योंकि उसने जो भी किया वो सब कुछ आधी नींद में किया था लेकिन अब जो भी कुछ होगा वो फेस टू फेस होगा और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है की कोड को डायमोड ने फिर ऐसी घोड़ा बनाया well एंड कोड यहां सिर्फ और सिर्फ अमादो के लिए आया है जिससे अमादो कोड की पावर्स को बढ़ा सके एंड यू नो व्हाट इस बार ईडा भी कोड का साथ दे रही है क्योंकि ईडा अब शायद ऐसा सोचती है कि कोड की पार्टनरशिप ही एक ऐसा रास्ता है जो उसे कावाकी को पानी में मदद करेगा और ईडा ऐसा क्यों कर रही है इस बात को समझो क्योंकि अगर ईडा कोड की पावर्स एंड स्ट्रेंथ को वापस लाने में हेल्प करती है तो कोड ईडा की हेल्प करेगा कावाकी को पाने में कहीं कावाकी का चक्कर ईडा को महंगा न पड़ जाए जाता है मिर्स की सारडा एंड बोरुटो के पास सारडा बोरुटो के स्कार को देखकर बोरुटो से पूछती है कि तुम्हारे पास ये स्कार कैसे आया ये मार्क कैसे आया आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ एंड लिटरली ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्योंकि सारडा बोरुटो के चेस्ट को छूती है उस मार्क को देखने के लिए ये थोड़ा अजीब सा है और एक अलग वे ऐसी सोचा जाए तो ये थोड़ा रोमांटिक भी है जहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सारडा को बोरुटो की बहुत ज्यादा चिंता है एंड देन बोरुटो सारडा को सारी कहानी बताता है बोरुटो बोलता है कि अब बस प्रॉब्लम एक ही है कि मैं फुल फ्लैच उछ चुकी हूँ अब मेरे पीछे कोड पड़ेगा मुझे टेंट टेल को सैक्रीफाइस करने के लिए और ये सब बातें टीम सेवन कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ सासके अपियर होता है सास बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा बोरूटो टीम सेवन सासके को देख बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं एंड सासके टीम सेवन को एडवाइस देता है की तुम लोग कोड के पीछे कभी मत जाना क्योंकि तुम खुद नहीं जानते कि कोड कितना ज्यादा पावरफुल है वो तो हम सभी को पता है कितना पावरफुल है <laughs> सास के बोलता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए नहीं करना है क्योंकि कोड का टारगेट अब बोरूटो ही है देन अगले सीन में हमें शिकमारू को दिखाया जाता है शिकारू अमादो से पूछता है कि बिना किसी से पूछे या बिना नारूटो के एडवाइस के तुमने कावाकी को कारमा दिया तो दिया क्यों क्या तुम्हें पता भी है तुमने हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है अमादो बोलता है उसी कारमा की वजह ऐसी उसने आज लॉर्ड हु को बचाया है एंड एट लीस्ट उसके पास इतनी पावर तो है की वो नारूटो को प्रोटेक्ट कर सकता है शिकमारू एंड अमादो के बीच में ये सारी बातें हो रही होती है तभी जाता है कोर्ड के कोड अमादो एंड शिकमारो की बातें सुन रहा होता है अपने क्लॉ मार्क्स की मदद से जिसे कोड ने शिकमारू के नेक पे लगाया था जिस वक्त शिकमारू को कोड ने हॉस्टेज बनाया था तभी कोड शिकमारू के गले पर लगे क्लॉ मार्क्स से निकलता है और शिकमारू एंड अमादो के सामने आता है शिकमारू एंड अम्माधो बहुत ज्यादा शौक होते है कोड अमादो ऐसी बोलता है बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं नमाधो बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है तुम मेरे इस क्लो मार्क्स को ठीक करो जिससे मैं अपने क्लो मार्क्स की फुल स्ट्रेंथ को यूज कर सकूँ होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है को के अंदर देखकर, यार मुझे एक बात बताओ कि इसके पास कोई बढ़िया सा प्लान नहीं है जैसा नारूटो सीरीज में हुआ करता था क्योंकि कोर्ट को अब तक हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि ये बंदा सिर्फ डायरेक्ट अटैक करता है और इस बार तो कोर्ट को ये भी पता है कि कावाकी एंड बोरूटो इस विलेज के अंदर ही है तो यार इतनी हिम्मत आती कहाँ ऐसी है तभी सीन जाता है सेंसरी स के पास इनो एंड सेंसरी को कोई नया चक्रा विलेज के अंदर सेंस होता है एंड no तो कोड अमादो की लैब के अंदर है शिकमारू अपना शेडो पैले से जूतु यूज करता है कोड को रोकने के लिए एंड कोड को पकड़ लेता है और ये इसलिए होता है क्यूँकी कोड कोई भी जूतु एब्सॉर्ब नहीं कर सकता है फॉर्म में आने लग जाता है एंड बहुत पहले ऐसी इस कॉफिन की बात हो रही थी उस कॉफिन के अंदर से डेल्टा बाहर आती है एंड उसके माथे के ऊपर हिडन लीफ का टैग होता है एंड ये जो नई डेल्टा है वो पिछली बार की डेल्टा जितनी ही पावरफुल है बट उसके आउटफुट में थोड़ा सा चेंज है एंड कोड डेल्टा को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है क्योंकि इससे पहले डेल्टा उसके ही साथ थी देन शिकमारू बोलता है तो तुम ये बना रहे थे इतने दिनों ऐसी न्यू डेल्टा जो इस विलेज को प्रोटेक्ट करेगी दें शिकुमारू डेल्टा को इंस्ट्रक्शन देता है कोड हमारा एनिमी है इस विलेज का एनिमी है सो किल हिम देन डेल्टा कोड को किक मारती है एंड कोड का दिल टूट जाता है जो कोई सपना देन कोड डेल्टा के अटैक से बचता है किसी तरह से अपने क्रोमार्क को दीवार पर लगाता है डेल्टा को बोलता है प्लीज स्टॉप हिम बट तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि कोड तब तक वहां से चला जाता है अब इस बैटल में सिर्फ और सिर्फ ईडा बजती है और डेल्टा बजती है और ईडा का नाम सुनकर अम्मादो बहुत ज्यादा शॉक होता है क्यूँकी अम्मादो ने ही ईडा को दोबारा से मॉडिफाई किया था तो इसका मतलब ये है की ईडा की पावर्स को अम्मादो अच्छी तरह से जानता होगा अम्मा के शॉकिंग रिएक्शन को देखकर मुझे यही डाउट हो रहा है कि ईडा डेल्टा से ज्यादा पावरफुल है और अगर डेल्टा ईडा को डिफीट कर सकती थी तो अमादो को इतना ज्यादा शॉक नहीं होना चाहिए था और अमादो के शॉकिंग रिएक्शन के साथ ये चैप्टर भी यही खत्म होता है और इस बार ईडा ने मुझे गलत साबित कर दिया क्यूँकी ईडा खुद चल के आई है डेल्टा ऐसी फाइट करने के लिए सो आई थिंक अगली बार ईडा वर्सिज डेल्टा की फाइट हो देखो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक समरी है सो गाइज मेल्थ हैं नेक्स्ट वीडियो में मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है तो प्लीज सब्सक्राइब मार दो यार एंड वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर भी कर देना सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में